ये दिए कहाँ लेके जा रही थी बाहर बाहर क्या करने हैं? मैं कि नहीं, नहीं दूंगा ये दिए नहीं देते नहीं नहीं पूजा के लिए है पूजा के लिए गाली दे रही है गाली इधर जल्दी इधर मम्मा को बताता हूँ जल्दी जल्दी से मोजा पहन जूता पहन जल्दी जूता पहन मम्मा के पास मार खिलाना है आज मम्मा से मार जल्दी जूता पहन जल्दी जूता पहन लिया नहीं पहना ये पहले ये पहनते हैं हैं पहले हैं। पहले पहले पहले पहनते शूज जूता पहन पहन जल्दी मम्मा को दिखाऊंगा ये सारा लिया कहाना और ये शूज ए ये और ये कौन पहनेगा मुझे कौन पहनेगा मैं पहनूंगा हाँ, मैं पहनूंगा हाँ, मैं मैं नीचे मैं हाँ, मैं नीचे हूं, मैं नीचे ऊपर हाँ. लेके आ मुझे पहनाता हूँ जल्दी ऊपर लेके आ मैं पहनाता हूँ जल्दी लेके ऊपर हैं आती है मेरे घर का एक एक सामान उठा के ले जाती है इधर आ ये नहीं लेके जाना ये नहीं लेके जाना मैं बोलू मम्मा को दादी का बोलू हाँ। दादी का बोलू हाँ। दादी उठा के लेके जाएगी ये रख जा? ये ले जाए किसको डालेगी जल्दी बता किसको डालना है, हैं, के, नहीं।, जल्दी नहीं।, नहीं खाते इसको गंदी बात कुत्ती, नहीं खाते इसको पागल जल्दी इधर तुम आने मम्मा को बोला <laughs> बोला को जल्दी फरा जल्दी फरा नानी है जल्दी उधर गिरेगी पागल इधर हाँ। आ हाँ। आप बता मुझे क्यों नहीं पाए हाँ? मुझे क्यों नहीं पाए मुझे क्यों नहीं पाए मैंने आपके आपके आपके नहीं देगी कोई बात नहीं मत देना जूता तो पहले ठीक से पागल ने, ने है कहा जा रही है छोटी सी बच्ची मेरे को डरा रही है मेरे को डरा रही है ये नहीं उठाते ये नहीं उठाते पागल लड़की ये क्या कर रही है ये क्या कर रही है ये दे दे मेरे को ये दे दे मेरे को जल्दी दे दे मेरे को नहीं तोड़ते पागल नहीं तोड़ते लगाना तो मैं क्या करूंगा क्या, क्या किया क्या किया? किया? किया? जल्दी बता इधर देख के बता ये क्या किया क्या किया क्या, क्या किया हैं? है तो नहीं है सियाकी